नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे वेयर का यूज वेर मिस होता है कहाँ वैन मिस होता है कब हु मिस होता है कौन हु मिस होता है किसको को हुज मिस होता है किसका वाट मीन्स होता है क्या और क्या मीन्स होता है वाट वाई मिस होता है क्यों या क्यों हाउ मिस होता है वाई डू मिस होता है करना गिट मिस होता है पाना बी मिस होता है होना से मिस होता है कहना नियर मिस होता है पास में टेक मिस होता है लेना लुक मिस होता है देखना और टेल मिस होता है कहना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आपको कैसा ही वीडियो लगा अगर आपको हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ना हुआ हो तो dislike डिसलाइक करिए थैंक